पंद्रह पंद्रह लाख के सूट पहनों को जो डीजल मिलता है पेट्रोल तीस बत्तीस रुपए में मिलता है उसको आप नब्बे से सौ सौ रुपया बेच रहे हो आपके बाप का राज है का? आपके भाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी आपके तो मैं चाय बेचने वाला था नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले पंद्रह पंद्रह लाख का मुझसे गलती होगी मेरी मत भ्रस्ट होगी थी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूँ इन बिलों को वापस लेता हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी अहंकार नहीं रखना चाहिए ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी की वो कल्पना भी नहीं कर सकते और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं जो आज जैकारे लगा रहे, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए सब कुछ लूट गए जनता की गाड़ियां खा रहे हैं उस सबके सब कहना पड़ेगा मजदूर के ते ते तन नहीं है आप घूम रहे हो वहाँ तीस तरह के व्यंजन खा रहे हो वो सूखी रोटी खा रहे और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको तो चला तो, तो क्यों चलाता क्योंकि भाई आपको आपको अधिकार अधिकार है है खाने का, अहंकार में वहां कीले लगा दी जाती है पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो उससे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे और इस बात का पाप लगे और आपको मैं तो कहता हूँ जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। सड़क पर जनता उतरने लगी है तो उस अहिंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए वरना जनता उसको उठाकर कुर्सी से मौदा पटक देगी उस राजा को ध्यान रखना चाहिए मैंने पहले भी मांग की और आज भी सरकार से मांग कर रहा हूँ राजस्थान हमारा ये किसान है जो पानी से बहुत परेशान है हमारा बहुत सा क्षेत्र डार्क जोन में मैंने पहले भी कहा कि सड़कों पे बजट दे रहे हैं दूसरी चीजों पे बजट दे रहे हैं आप नदियों का पानी जो व्यर्थ बह जाता है बरसात के दिनों के अंदर अगर उस पानी को ही लाया जाए चंबल ही है हमारे यहाँ चंबल भी खतरे के निशान से बहती है सभापति महोदय के दिनों में यमुना का पानी है वो खतरे के निशान से यमुना बहती है हरियाणा के अंदर पंजाब वाले पानी छोड़ देते नहरों में तो लोगों के खेतों में भर जाता पानी और वो वहां का जो कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है वो ये कहता है कि मैं आपके खेत में ये पानी नहीं आने दूंगा ज्यादा आपकी फसल खराब नहीं हो दूंगा मैं इसको रोकूंगा मैं कहना चाहता हूं एक तरफ तो वहां पर बाढ़ आ रही है यहाँ बिहार में देखते हैं कि लोग मर रहे, हैं। उस बाढ़ से राहत के लिए कोस दिया जाता है और दूसरी तरफ राजस्थान का किसान पिसाया मर रहा है राजस्थान की जनता पिसाई मर रही है तो मैंने कहा पहले भी कहा हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो एक बार एक बार भगवान के लिए कुछ समय के लिए और चीजों पे बजट रोक करके और एक बार इस किसान के पानी के लिए आप बजट दे दो और किसान के खेत तक इस पानी को पहुंचा दो फिर इस देश की तरक्की किसान ही कर देगा और जो किसान के बेटे हैं बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार दे दो किसान की फसल को खरीद लो किसान को सस्ते दाम पे डीजल दे दो किसान को बिजली मुफ्त दे दो गरीब को बिजली मुफ्त दे दो तो वो जब वो खुशहाल हो जाएगा सभापति महोदय किसान खुशहाल हो जाएगा मजदूर खुशहाल हो जाएगा तो फिर अपने आप ही देश खुशहाल हो जाएगा लेकिन यहां पता नहीं मैं समझता हूं देश को खुश करने का मतलब सरकारें क्या समझती हैं, देश जो बना है वो यहां पर रहने वाले लोगों से सभापति महोदय देश बना है अगर वहां के लोग खुश नहीं है अगर वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है तो वो देश पर कैसे खुशहाल हो सकता है सिर्फ झूठे नारे लगाने से झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो जाता सभापति मोदय किसान पढ़े अलग अलग बोर्डर पे पढ़े दो मिनट में कराऊ सभापति मोदी अलग अलग बोर्डर पे पढ़े बच्चे उनके बैठे महिलाएं वहां पे बैठी है विनती कर रहे हैं बेचारे कि साहब ये तीन जो बिल लाई है केंद्र सरकार इससे हम बर्बाद हो जाएंगे हमारी मंडिया बर्बाद हो जाएगी प्रधानमंत्री जी इन तीनों बिल को वापस ले लो और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल लिया भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया उस अहंकार में वहां लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे, ऐसे बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जो से पाकिस्तान की कोई सेना सभापति महोदय विपरीत बुद्धि किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना विनाश आ जाता है तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा मेरा करना है जो कर लीजिए चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़का उस सड़क पर जनता उतरने लगी है तो उस अहिंकारी राजा को तुरंत उनके समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मौदा पटक देगी ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए मैं कहना चाहता हूं मेरे सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं रखना चाहिए ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं जो आज जयकारे लगा रहे वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए सब कुछ लूट गए जनता की गाड़ियां खा रहे हैं उस सब के सब कहना पड़ेगा सभापति रक रक मोदी मोदी के रख रख सोशल मीडिया वो वो वो करते करते करते हैं हैं हैं उसकी और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार और कुछ चाटुकार होते हैं वही उसको मरवाते हैं वही उसको बर्बाद करवाते हैं और यही हस्र आप देखना सभापति मोदे ये केंद्र सरकार का होने वाला है इसलिए मैं तो मांग करता हूँ यहाँ से की नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती होगी मेरी मती भ्रष्ट हो गई थी मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं मैं बिलों को वापस लेता हूँ और एमएसपी पे पूरी फसलों को खरीदे और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का सभापति मोदे जो डीजल मिलता है पेट्रोल तीस बत्तीस रुपए में मिलता है उसको आप नब्बे से सौ रुपए बेच रहे हो आपके भापका राजे का लूटोगे खाओगे खुद पंद्रह पंद्रह लाख के सूट पहनोगे ने रहे। मंजूर के आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का आपको ही अधिकार है एसी में रहने का आपको ही अधिकार है पेंट शर्ट पहनने का आपके दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी आपके तो मैं चाय बेचने वाला था मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले पंद्रह पंद्रह लाख का और वो वो किसान कल भी फटी धोती में था आज भी फटी धोती में था फिर कहा से आप जनता के आप तेरे बना भावनाओं को भड़काया जनता की को और भड़का के वहां बैठ के और इस बात का पाप लगेगा और आपको मैं तो कहता हूँ की देखना इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत जानी पड़ेगी ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ